दोस्तों जब हम कंप्यूटर को बिल्कुल शुरू से सीखते हैं तो ऐसे में हमें कंप्यूटर के शॉर्टकट के बारे में भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के किस शॉर्टकट से क्या होता है तो ये कंप्यूटर की बेसिक जानकारी का वीडियो नंबर पाँच है जिसके अंदर मैं आप सभी को कंप्यूटर के ए टू जेड शॉर्टकट के बारे में बताने वाला हूँ और ये जो शॉर्टकट होंगे वो कंट्रोल के साथ होंगे यानी कि कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कंट्रोल प्लस जेड से यानी कि कंट्रोल प्लस ए टू जेड शॉर्टकट के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा कम्प्लीट जानकारी दूंगा, पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा। यानी कि कंट्रोल ए से क्या होता है उसको ले जाकर के आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कंट्रोल ए से ये चीज़ होती है इस तरीके से आपको इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है यानी पूरा डिटेल में ये वीडियो होने वाला है कंट्रोल प्लस ए टू जेड शॉर्टकट के बारे में तो अगर आप भी जो है कंप्यूटर के ए टू जेड शॉर्टकट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिए और पूरा लास्ट तक का ज़रूर देखिए हेलो दोस्तों मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास दोस्तों आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने कंट्रोल के साथ A से लेकर Z तक जितने भी शॉर्ट कट्स की बनते है। हैं उन सभी को यहां पर लिख के रखा है साथ ही उनका पूरा डिटेल में यहां पर जानकारी भी लिख कर के मैंने रखी है कि इस बटन था है को दबाने से आखिर क्या होता है यानी कि पूरा डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा कि कंट्रोल के साथ A करने से क्या होगा कंट्रोल के साथ बी दबाने से क्या होगा कंट्रोल के साथ सी दबाने से क्या होगा और किस तरीके से ये काम करता है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है ना तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर आप कर लीजिएगा दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर आपको एक की दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं बोलूँ कंट्रोल प्लस ए दबाइए तो आपको कंट्रोल दबाना है देखिए इधर भी एक कंट्रोल का बटन है और एक इधर भी बटन है दोनों में से आप कोई भी कंट्रोल बटन दबा सकते हैं कंट्रोल प्लस ए दबाइए तो कंट्रोल को आपको दबा के रखना है और इसके बाद ए बटन दबाना है ठीक है अगर मैं बोलूँ कंट्रोल प्लस एम बटन दबाइए तो आपको कंट्रोल बटन दबा के ही रखना है उसको छोड़ना नहीं है और उसके बाद आपको एम बटन दबाना है ठीक है ऐसा नहीं है जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो नए होंगे तो वो लोग क्या करेंगे कंट्रोल और इसके बाद प्लस दबा देंगे ये वाला ऊपर की साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है इसके बाद एम दबाएंगे ऐसा नहीं करना है आपको ठीक है इसीलिए मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं ताकि कोई भी गलती ना हो जब मैं बोलूँ कंट्रोल प्लस एम दबाइए तो कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और एम बटन दबाना है जब मैं बोलूं कंट्रोल प्लस एफ़ दबाइए तो कंट्रोल बटन को दबा के रखना है इसके बाद एफ़ बटन दबाना है तो यहाँ से आपको ये जानकारी मिली होगी कि कैसे जो है बटन को दबाना है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट होता है या फिर इसको आप सेलेक्ट ऑल बोल सकते हो इससे क्या होगा कि पूरे टेक्स्ट को एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं देखिए यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट जो है टाइप करके रखे हैं यहाँ पर मैं आपको कंट्रोल प्लस ए बटन का इस्तेमाल करना सिखा देता हूँ जैसे कि अगर आप जो है इन सभी टेक्स्ट को एक ही बार में सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना है इसके बाद ए बटन दबाना है तो एक ही बार में ये सारे टेक्स्ट जो है सेलेक्ट हो जाते हैं यानी जितना भी हमने लिखा था वो एक ही बार में जो है सेलेक्ट हो गया है तो हमने यहाँ से सीखा कि कंट्रोल ऐसे क्या होता है ऑल सेट करना यानी किसी भी टेक्स्ट को एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए बटन का जो है इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर एक बात अब और आपको ध्यान देना है कि सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं सेलेक्ट होते हैं अगर आपने कोई फोटो वगैरह भी लिया होगा कोई सेप वगैरह भी बनाया होगा तो वो भी कंट्रोल ए से सब के सब सेलेक्ट हो जाते हैं यानी इस पेज पर पे जितने भी चीज़ें होंगी वो सब के सब जो है एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए बटन दबाने से दोस्तों अब बात करते हैं कि कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है तो कंट्रोल प्लस बी बटन दबाने से बोल्ड होता है बोल्ड का ये मतलब है कि सेलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए थोड़ा सा मोटा हो जाता है मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ देखिए जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे टैक्स लिखे हैं यहाँ पर पैराग्राफ में है मैं तो, मैंने आपको क्या बताया कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट और बी से क्या मैंने बताया है बोल्ड तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल दबा के रखना और बी बटन दबाना देखिए ये बोल्ड हो जाएगा देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे ये बोल्ड हो गया ठीक है बोल्ड का मतलब थोड़ा सा आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा और हाईलाइट होने लगेगा थोड़ा सा मोटा मोटा हो जाएगा ठीक है कंट्रोल बी से बोल्ड इस तरीके से आप कंट्रोल बी का इस्तेमाल कर सकते हो कंट्रोल बी से बोल्ड दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है तो किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं यानी कंट्रोल तो प्लस सी से कॉपी होता है सेलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर मैं आपको कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करके दिखाता हूँ ये जो है कंट्रोल ए से हमने जो है इसे सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल सी से हमने जो है इसे कॉपी कर लिया अभी ये कॉपी हो गया है आपको दिख नहीं रहा होगा मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मान लीजिए ये तो हमारा टेक्स्ट है ये है इसको मैं जो है पूरा इसको डिलीट कर देता हूँ डिलीट नहीं करता हूँ यहाँ पर नीचे पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कंट्रोल वी किया मैंने पेस्ट अभी देखिए ये जो वीडियो प्रोवाइडेड एज पावरफुल वे तो ऊपर की साइड में देख सकते हो वीडियो प्रोवाइडेड एज पावरफुल वे यानी जो भी हमने टेक्स्ट को जितने भी सेलेक्ट करके कॉपी किया था वो नीचे की साइड में दोबारा से आ गए हैं बिना हम ऊपर वाले को डिलीट किए नीचे दोबारा से उसी को पेस्ट करके यानी उसी का डुप्लिकेट बना दिए हैं तो कंट्रोल सी का हम लोग इस्तेमाल सीख रहे थे तो कंट्रोल सी से किसी भी टेक्स्ट को किसी भी इमेज को कॉपी किया जाता है ठीक है उसको पेस्ट कर दोगे तो वो डुप्लीकेट बन जाता है पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं वो आगे हम लोग बात करेंगे लेकिन बात यहां पर आ गई थी तो मैंने पेस्ट भी आप सभी को थोड़ा बहुत बताई दिया है अब बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस डी से तो कंट्रोल के साथ डी बटन दबाने से फोन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है कैसे ओपन होता है मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा देखिए इस समय जो है हम लोग एमएस वर्ड में हैं और यहां पर मैं जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी बटन दबाता हूं तो देखिए ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और अब जो है आप अपने ये जो फ़ोन आपने लिखा है उसको बोल्ड कर सकते हो टैलिक कर सकते हो और उसकी साइज़ वगैरह भी बढ़ा सकते हो और भी बहुत सारे फ़ीचर इसके अंदर हैं जो कि आगे आने वाले वीडियो में हम लोग जब एम वर्ड पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट के बारे में बता रहा हूं तो शॉर्टकट ही हम लोग बात करते हैं तो कंट्रोल डी से क्या होता है फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि कंट्रोल डी से सिर्फ फॉन्ट डायलग बॉक्स ही नहीं ओपन होता है कंट्रोल डी से डुब्लिकेट भी होता है कैसे डुब्लिकेट होगा मैं आपको बताता हूँ जैसे मान लीजिए आप कोई फोटो या फिर कोई सेप को जो है बना लिए हो और आप अब जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हो देखिए अभी इस इसको सेलेक्ट करते हैं तो चारों तरफ आप देख सकते हो तो इस तरीके से बॉक्सेस बन गए हैं अगर हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा तो कंट्रोल डी से जब मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ये देखिए डुप्लीकेट हो गया देखिए अभी देखिए लेकिन जब ये सेलेक्ट नहीं रहेगा अभी देखिए सेलेक्ट नहीं है तो कंट्रोल डी दबाने से क्या है फोन डायल्स ओपन होगा तो यहाँ से आपको ये समझना है कि जब आप कोई पिक्चर को या फिर कोई सेप्स को सेलेक्ट करने के बाद जो है की से कंट्रोल प्लस डी बटन दबाते हो तो उसका डुप्लीकेट बनता है जैसे कि मैं यहाँ पर भी दबा दूँ तो देखिए ये भी इसका भी डुप्लीकेट बन गया ठीक है लेकिन जब कोई पिक्चर या फिर कोई सेप सेलेक्ट नहीं रहेगा और तब जो है आप कंट्रोल डी बटन दबाओगे तो फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ठीक है तो यहाँ से आपको ये समझ आना चाहिए कि कंट्रोल डी से क्या क्या होता है पहला तो जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा दूसरा क्या है डुप्लिकेट भी होता है कैसे करना है वो मैंने आपको बताई दिया है अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है तो कंट्रोल प्लस ई से सेंटर होता है टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई बटन का शॉर्टकट जो है इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम यहाँ पर आ गए हैं और अभी आप देख सकते हो कि ये जो हमारे टेक्स्ट हैं वो सेंटर में नहीं है तो मैंने आपको बताया है कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करने के लिए और कंट्रोल जब ई दबाओगे तो ये सेंटर में आ जाएंगे अभी ये देख सकते हो सेंटर में है अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर और समझा देना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं सोचूँ सोचता हूँ कि जो भी जानकारी दूँ वो आपको अच्छे से समझ आ जाए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको समझ आना चाहिए तभी ये मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा देखिए ये मैंने जो अपने चैनल का नाम लिखा है गुलाब गुरु अभी मैं जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था अगर नहीं बताया तो बता दूँ देखिए अगर आप एक दो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसके लास्ट में ले कर आइए या फिर इसके लास्ट में ले जाइए और जिधर टैक्सट है उधर माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैक कर दीजिए मतलब उसको खींच दीजिए थोड़ा सा वो जो है सिलेक्ट हो जाएगा अभी जो है कंट्रोल के साथ E बटन दबाइए तो देखिए ये सेंटर में आ गया कंट्रोल ई -E से आप सेंटर मिला सकते हो इसी को सेंटर बोला जाता है ठीक है जब ये पेज के सेंटर में आ गया तो इसी को सेंटर बोलते हैं जिसकी शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस ई है दोस्तों अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एफ से कंट्रोल प्लस एफ से जो है फाइंड होता है किसी शब्द को फाइंड या खोजने के लिए जो है कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं शॉर्टकट का जैसे की हम लोग जो है इसमें कोई शब्द ढूंढना चाहते है जैसे मैं ये डॉक्यूमेंट ढूंढना चाहता हूँ कहाँ पर है ये लिखा हुआ मुझे नहीं पता है ठीक है बहुत बड़ा ये पेज है और मुझे नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट कहाँ पर लिखा है फिलहाल मैंने आपको बता दिया है लेकिन मैं इसे ढूंढना चाहता हूँ तो क्या करूंगा कंट्रोल एफ़ से मैं कीबोर्ड बोर्ड दबाऊंगा शॉर्टकट मतलब की से कंट्रोल एफ़ और यहाँ पर मुझे जो है वो शब्द ढूंढना है जिसे मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ तो देखिए जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट लिखा यहाँ पर देखिए सभी के सभी जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हुए थे सब के सब यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है जितने डॉक्यूमेंट लिखा तो जहाँ जहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वो सब हाईलाइट हो गया है तो यानी कि किसी भी शब्द को ढूंढने के लिए हम लोग कंट्रोल एफ़ यानि फाइंड का प्रयोग करते हैं तो यहाँ से आपको कंट्रोल एफ़ का भी जो है शॉर्टकट समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं कंट्रोल जी से तो कंट्रोल प्लस जी का बटन का तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका इस्तेमाल हम लोग गो टू के लिए करते हैं जैसे किसी लाइन या पेज पर डायरेक्ट जाने के लिए हम लोग जो है गो टू का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि देख सकते हो तो यहाँ पर एक ये पेज मेरा है और नीचे की साइड में मैं आपको दिखा दूँ ये दूसरा पेज है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो तो दो पेजेस दिखा रहा है पहला यहाँ से देख सकते हो तो कट है ये दूसरा पेज है और ये पहला पेज है तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से जो है कंट्रोल जी बटन दबाऊँगा तो ऐसा एक बॉक्स आएगा और इसमें हमको जो है पेज पर सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर हमको क्या करना है पेज नंबर डाल देना है जैसे मैं पेज नंबर दो पे जाना चाहता हूँ अभी मैं कहाँ पर हूँ पेज नंबर वन पे रहूँ जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जैसे मैं यहाँ पर दो दो टाइप कर देता हूँ ठीक है इसके बाद जो है मैं यहाँ पर गो टू क्लिक करूँगा तो देखोगे डायरेक्ट मैं दूसरे नंबर पेज पर आ गया हूँ अभी यहाँ पर यहाँ पर देख सकती हूँ ठीक है अगर मैं यहाँ पर वन टाइप कर दूँ और यहाँ पर गो टू कर दूँ तो वन पर आ गया हूँ ठीक है इस तरीके से आप जो है कंट्रोल जी से गो टू शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी अगर आप कई सारे पेजेस पे काम कर चुके हैं पचास से साठ पेजेस पे और आप डायरेक्ट जो है उनसठवा पेज या फिर अट्ठावन पेज चालीस पेज पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट के बारे में तो कंट्रोल प्लस एच से जो है रिप्लेस होता है रिप्लेस मीन्स आपको पता होगा कि बदलना होता है किसी भी शब्द को रिप्लेस करने के लिए इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ जैसे मैं कंट्रोल के साथ एच बटन दबाता हूँ तो फिर से ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि फाइंड रिप्लेस और गो टू तीनों चीज़ें इसी में आ रही हैं ये तीनों एक दूसरे से मिलते हैं इस इसकी वजह से ऐसे आ रहे हैं तो जैसे कि ये देखिए मैं यहाँ पर रिप्लेस पर हूँ और यहाँ पर आपको वो शब्द लिखना है जिसको जो है आप यहाँ से जो है रिप्लेस करना चाहते हो ठीक है फाइंड वर्ट मतलब जिस शब्द से आप रिप्लेस करना चाहते हो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट मैं आपको समझा मतलब यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ फिर समझ में आएगा डॉक्यूमेंट की जगह पे मैं अपने नाम अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ पर डॉक्यूमेंट है वहाँ वहाँ पर मेरे चैनल का जो है नाम वो लिखा जाए ठीक है देखिए जहाँ जहाँ पर डॉक्यूमेंट होगा वहाँ वहाँ पर मेरे चैनल का नाम लिखा जाएगा फाइन्ड वर्ट किस चीज़ पे आप लिखना चाहते हो वो ऊपर की साइड में लिखना है और रिप्लेस किस वर्ड से करना चाहते हो वो नीचे की साइड में लिखना है तो देखिए जहाँ जहाँ पर भी होगा ना ये देखिए यहाँ पर है जितने भी जगह पर होगा मैं अभी आपको चेंज करके ही दिखा देता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो देखिये ये यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया मैं रिप्लेस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर गुलाब गुरु मेरा चैनल का नाम आ गया है और ये दूसरा यहाँ पर दिखा रहा है तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ देखिए यहाँ पर भी आ गया है तीसरा यहाँ पर दिखा रहा है तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो यहाँ पर भी मेरा नाम आ गया ठीक है थीक्या? इस तरीके से आप जो है ये तब हमको काम में आता है जब हम किसी टेक्स्ट के स्थान पे किसी दूसरे टेक्स्ट को लाना चाहते हैं और हम ये जानते नहीं हैं कि वो टेक्स्ट कहाँ कहाँ पर लिखा गया है तो बस हम यहाँ पर आ करके उसको रिप्लेस कर देंगे वो ऑटोमेटिक जो है रिप्लेस हो जाता है वो सब जगह पर वो रिप्लेस हो जाएगा तो अभी आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल एच से क्या होता है कंट्रोल एच से किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस किया जाता है अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है तो कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि इटैलिक क्या होता है तो मैं चलिए आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ देखिए इटैलिक का मतलब कि टेक्स्ट को टेणा करना जैसे कि ये देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ पेस्ट को सेलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया दिया है कि इस तरीके से आपको माउस को ड्रैग करना है ये सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है कंट्रोल प्लस आई बटन जैसे ही आप कीबोर्ड से दबाते हो कंट्रोल दबा के रखना है इसके बाद क्या करना है आई बटन दबाना है तो जैसे मैं आई बटन दबाता हूँ तो देखिए ये इटैलिक हो, हो गया ना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है देखिए यहाँ पर इसी तरीके से मैं इसको भी करके आपको दिखा देता हूँ ठीक है कंट्रोल आई ठीक है देखिए थोड़ा सा इटैलिक हो गया थोड़ा सा टेढ़ा जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है मैं ये इस पूरे पैराग्राफ को आपको करके दिखा देता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा देखिए कंट्रोल आई देखिए अपने आप जो है यहाँ पर कंट्रोल आई से इटैलिक हो गया है ठीक है तो इस तरीके से आपने ये शॉर्टकट भी जान लिया है कि कंट्रोल आई से क्या होता है किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए कंट्रोल आई शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है तो कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई होता है जस्टिफाइड का मतलब मैं आपको बताता हूँ चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ देखिए अभी ये जो टेक्स्ट मैंने लिखे हैं वो देखिए इधर से तो बराबर है, लेकिन इधर से बराबर नहीं है कोई इधर कम है कोई ज़्यादा है कोई कम है कोई ज़्यादा है कोई कम है कोई ज़्यादा इस तरीके से आ रहा है ठीक है तो जस्टिफाइड करने का मतलब ये है कि इधर से भी बराबर होगा इधर से भी बराबर होगा जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे वो एक तरफ से बराबर होगा और दूसरे तरफ से बराबर नहीं होगा तो वो सुंदर नहीं लगता है और अट्रैक्टिव नहीं लगता है मज़ा नहीं आता है ठीक है तो जस्टिफाई करके आप जो है दोनों तरफ से बराबर कर दोगे और जो आप डॉक्यूमेंट बनाओगे वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन भी लगता है कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ जैसे मान लीजिए आप पूरे डॉक्यूमेंट को जो है पूरे टेक्स्ट को ही जस्टिफाई करना चाहते हो तो कंट्रोल ए के साथ मैंने आपको बताई दिया सेलेक्ट करना और कंट्रोल जे जैसे ही दबाओगे आप तो देखिए जस्टिफाई हो गया इधर भी देखिए पूरा बराबर हो गया ठीक है कोई भी छोटा बड़ा नहीं है देखिए ये जितने भी लाइन हैं पूरे के पूरे बराबर आए हैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लाइन क्यों नहीं बराबर आई ये मेरे भाई छोटी सी लाइन थी ये पैराग्राफ की लाइन है जो ये वाले देख सकते हो ये इधर भी बराबर है और ये इस साइड भी बराबर है ठीक है तो जस्टिफाई मतलब ये होता है कि टैक्सट को दोनों तरफ से इक्वली करना ताकि टैक्सट जो है हमारा काफ़ी सुंदर डॉक्यूमेंट लगे तो कंट्रोल जे से क्या होता है जस्टिफाई टेक्स्ट को दोनों तरफ से बराबर करने के लिए कंट्रोल जे शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस के से तो इसका इस्तेमाल लोग जो हम लोग जो है हाइपरलिंक के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस के से क्या होता है हाइपरलिंक चलिए मैं आपको समझाता हूँ की कैसे जो है इस्तेमाल करते हैं जैसे की देख लीजिए ये मेरे चैनल का नाम है गुलाब गुरु मैं इसके अंदर कोई भी लिंक इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं इसको जो है सेलेक्ट कर लूँगा इसके बाद जो है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस के बटन दबाऊंगा तो देखिए इस तरीके से एक इस तरह से विंडो आएगी और यहां पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर फोटो को इस लिंक के साथ जो है अटैच कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको अटैच ही करके दिखाता हूँ देखिए मैं इस फोटो को इसके अंदर हाइपर करने वाला हूँ तो इसमें मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद ओके कर लूँगा तो देखिए ये जो है ब्लू कलर का होगा ठीक है और इसमें जो है मेरा फ़ोटो जो है लिंक हो चुका है जैसे मैं इस पर लेके जाता हूँ देखिए ये पूरा यू आर एल दिखा रहा है और मैं जैसे ही इस पर कंट्रोल बटन दबा करके क्लिक करूँगा तो एक नया पेज ओपन होगा और इस तरीके से जो मैंने फ़ोटो इसके अंदर लगाया था वो फ़ोटो जो है अलग विंडो में ओपन हो जाएगी तो हाइपरलिंक का मतलब ये है कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर एक हाइपरलिंक क्रिएट कर देना जिसमें आप डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हो फोटो वगैरह भी लिंक के माध्यम से उसमें अटैच कर सकते हो तो यहाँ से आपने हाइपरलिंक का भी मतलब समझ लिया होगा अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एल से तो इसका होता है लेफ़्ट एलाइन टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी करके कर समझा देता हूँ देखिए अभी क्या है कि टेक्स्ट हमारा जो है इधर से लेफ्ट में अलाइन है अलाइन का मतलब सीधे में है लेकिन राइट right में अलाइन नहीं है कंट्रोल ए से इधर आर सेलेक्ट करता हूँ अभी देखिए ये राइट right में अलाइन हो गया है ठीक है ये मैंने क्यों किया ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ जैसे ये अभी देखिए टेक्स्ट जो हमारा right है हमारा राइट साइड से अलाइन है राइट साइड से यानी कि सीधे में है लेकिन जो है लेफ़्ट साइड से बिल्कुल भी सीध में नहीं है इधर उधर बिखरा हुआ है तो कंट्रोल प्लस जो एल बटन का इस्तेमाल है वो लेफ्ट से अलाइन है एल से मतलब लेफ़्ट जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ एल बटन दबाऊंगा तो देखिए लेफ्ट साइड से अलाइन हो चुका है यानी जितने भी हमारे लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे वो अलाइन सीधी ही लाइन में होंगे बल्कि इधर जो है इधर उधर हो सकता है लेकिन इधर नहीं होगा ठीक है तो कंट्रोल प्लस एल से होता है लेफ्ट एलाइन तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है लेफ्ट एलाइन टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए जो है कंट्रोल प्लस एल बटन का इस्तेमाल करते हैं अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट के बारे में तो कंट्रोल प्लस एम से जो है इंडेंट होता है Indent बढ़ाने के लिए ये क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ देखिए मैं कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही कंट्रोल प्लस एम बटन दबाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा देखिए ये जो है हमारा पेज से जो है थोड़ा थोड़ा इंडेंट हो रहा है ठीक है बस यही काम है कंट्रोल प्लस एम का कभी कभार क्या होता है कि हमको अपने टेक्स्ट को आधे ही पेज में लिखना होता है आधा छोड़ना होता है तभी ये हमारे काम में आता है वैसे इंडेंट जो है हमारे ज़्यादा काम में नहीं आता है तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है तो कंट्रोल प्लस एन से न्यू होता है यानी नया पेज ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एन बटन का इस्तेमाल करते हैं यानी कि नई फ़ाइल ओपन करने के लिए मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाता हूँ जैसे कि देखिए ये फाइल हमारी एक ओपन है लेकिन इस फाइल पर मैंने कुछ लिखा है और मुझे नई फाइल ओपन करनी है तो मैं जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन बटन दबाऊंगा तो बिल्कुल नई फाइल ओपन हो जाएगी अभी आप देख सकते हो एकदम से नई है और ये सेव भी नहीं है तो कंट्रोल प्लस एन बटन का इस्तेमाल आप सीख गए होंगे कि, कि किसी भी नई फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन बटन का इस्तेमाल करते हैं अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस ओ से तो इससे क्या होता है कंट्रोल प्लस ओ से ओपन होता है किसी फाइल को खोलने के लिए जो है कंट्रोल प्लस ओ बटन का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैं कंट्रोल प्लस ओ बटन दबाता हूं, कंट्रोल बटन दबा करके ओ बटन जैसे ही मैं दबाऊंगा, तो देखिए यहां पर काफ़ी सारे फाइल ओपन हो गए हैं और मैं जिस भी फाइल को ओपन करना चाहूं, उसको जो है इस तरीके से क्लिक करके उसे जो है ओपन कर सकता हूं, यानी कि कंट्रोल प्लस ओ बटन का इस्तेमाल हम पहले से सेव से की गई फ़ाइल को ओपन करने के लिए करते हैं अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है तो कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम जो है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी बटन का इस्तेमाल करते हैं यानी कंट्रोल प्लस बी शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ये डॉक्यूमेंट मुझे प्रिंट करना है तो ऐसे में मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पी बटन दबाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से पेज आएगा और ये देखिए प्रिंट का ये डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आ गया है और मैं इसे जो है प्रिंट कर सकता हूं। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू बटन का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं जो है इसे कंट्रोल बी से थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और कंट्रोल आई से जो है इसे इटैलिक कर देता हूँ तो देखिए इस पैराग्राफ की मैंने जो है फॉर्मेटिंग कर दी है और अभी मैंने क्या बताया है आपको कंट्रोल प्लस क्यू से पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को मतलब हटाने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू बटन का इस्तेमाल करते हैं जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्यू बटन दबाऊँगा तो आप देखोगे जो भी हमने फॉर्मेटिंग की थी इस पैराग्राफ की वो हट चुकी है अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है तो राइट right एलाइन के लिए या फिर रीलोड के लिए कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए और इंटरनेट पेज को रीलोड करने के लिए कंट्रोल प्लस आर बटन का इस्तेमाल करते हैं चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली इसे समझाता हूँ देखिए यहाँ पर मैंने अभी पीछे ही आपको बताया था कि कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन होता है ठीक उसी तरीके से कंट्रोल आर से राइट एलाइन होता है जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और की से जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ आर बटन दबाऊंगा तो देखोगे आपकी राइट right साइड से यहाँ पर अलाइन हो गया है लेफ्ट साइड से नहीं है तो कंट्रोल एल से क्या होगा लेफ्ट साइड से अलाइन कंट्रोल आर से क्या होगा राइट right साइड से अलाइन तो ये चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए कि कंट्रोल आर से क्या होता है राइट right, अलाइन और यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि रीलोड के बारे में तो चलिए मैं आपको रीलोड भी करके दिखा देता हूँ इंटरनेट पेज को रीलोड करने के लिए मैंने आपको बताया है तो अभी देख सकते हो आप मेरे YouTube चैनल पर हो अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करो यार आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है यहाँ पर देख सकते हो मैंने इतने सारे वीडियो को अपलोड किया है आप इन्हें देख सकते हो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है कुछ नहीं करेंगे की से कंट्रोल के साथ आर बटन जैसे ही दबाएंगे तो ये पेज देखिए फिर से रीलोड है देखिए मैं दोबारा से दिखा दूं आपको कंट्रोल आर ये देखिए रीलोड हो रहा है ठीक है देखिए अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो तो कंट्रोल प्लस आर से पेज को आप रीलोड भी कर सकते हो अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है तो कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए कंट्रोल प्लस एस बटन का प्रयोग किया जाता है जैसे की ये डॉक्यूमेंट मैंने बना लिया है और मुझे जो है इसे सेव करना है तो मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस एस बटन दबाऊंगा तो देखिए ये सेव का ये जो बटन है ये ओपन हो जाएगा और अब जो है आप इसे अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो यानी कि कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एस बटन का इस्तेमाल हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करने के लिए करते हैं अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस टी से तो कंट्रोल प्लस टी से न्यू टैब ओपन होता है हैंगिंग आइडेंट होता है इंटरनेट के ब्राउज़र में नया टैब ओपन करने के लिए और हैंगिंग आइडेंट करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस टी जो है शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली इसको समझाता हूं देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल टी से जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं देखिए हमारा ये जो पैराग्राफ है वो हैंगिंग इंडेंट हो रहा है मतलब शुरुआत की जितने भी हमारे पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन जो है सेम है लेकिन उसकी दूसरी तीसरी लाइन जो है आइडेंट हो रही है इसी तरीके से आप जितने भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे उसे हैंगिंग आइडेंट कर सकते हो वहीं यहाँ पर मैंने बताया ब्राउज़र में नया टैब ओपन करने के लिए तो कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट का इस्तेमाल कोई नया टैब ओपन करने के लिए भी किया जाता है जैसे आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो कंट्रोल प्लस टी बटन दबाते हो तो आप देखोगे एक नया टैब इस तरीके से ओपन हो जाता है अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है तो कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट से अंडर होता है टैक्स्ट को अंडर करने के लिए कंट्रोल प्लस यू शार्ट का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मैं यहां पर आ गया हूं और मुझे ये जो टैक्सट है इसके नीचे अंडर लाना है तो मैं इसको ज़रा सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल बटन दबा के कीबोर्ड से यू बटन दबाऊंगा तो देखोगे यहां पर एक अंडर आ गई है यानी किसी भी टैक्सट के नीचे एक लाइन को ही अंडर बोला जाता है आप चाहो तो पूरे पैराग्राफ में भी अंडरलाइन लगा सकते हो कंट्रोल प्लस यू बटन से तो किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है तो कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है कॉपी किए गए कट करे हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको कंट्रोल प्लस सी के बारे में बताया था कि कॉपी होता है जब आप कोई टेक्स्ट को कॉपी करते हो उसके बाद पेस्ट करोगे तभी वो डुप्लीकेट बनेगा कंट्रोल वी जिसकी शॉर्टकट है चलिए मैं आपको दोबारा से प्रैक्टिकली इसको समझाता हूँ देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं और वीडियो प्रोवाइडेड ये जो लिखा हुआ है इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं अभी मैंने आपको क्या बताया कंट्रोल वी से पेस्ट करने के लिए तो जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पर कर्सल लेकर आना है कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे तो ये यहाँ पर देखिए वीडियो प्रोवाइडर्स जो है यहाँ पर आ चुका है स्पेस देने के बाद या फिर वैसे भी आप जितनी बार पेस्ट करोगे उतनी बार वो टेक्स्ट जो है पेस्ट होता रहेगा एक बार जो है आप जिस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हो वो कई बार पेस्ट होता है जब तक आप दूसरा टेक्स्ट ना कॉपी कर लो अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस डब्लू से क्या होता है तो क्लोज़ करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्लू का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस डब्लू से किसी भी ओपन विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है जैसे कि ये ओपन है और ये विंडो को मैं बंद करना चाहता हूं तो कंट्रोल प्लस डब्लू में प्रेस करूंगा तो देखिए ये बंद करने के लिए बोल रहा है लेकिन ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसे सेव करना चाहते हो कि नहीं तो मैं जैसे ही इसे सेव पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए बंद, आप। बंद हो गया अपने आप वो विंडो बंद हो चुकी है ठीक है अगर मैं उसे डाउन शेप पर भी क्लिक कर देता तो भी वो विंडो बंद हो जाती तो कंट्रोल से क्या होता है क्लोज़ किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्लू का इस्तेमाल करते हैं और कंट्रोल प्लस डब्लू से री भी होता है यानी किसी भी फ़ोटो को किसी भी डॉक्यूमेंट को उसका साइज़ कम करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस डब्लू का एमएस पेंट में जो है इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग एमएस पेंट सीखेंगे तो उसमें मैं आपको पूरा कम्प्लीट जो है वीडियो बना करके एम पेंट की पूरी कम्प्लीट जानकारी आपको बताऊँगा फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है तो इससे कट हो जाता है और कट करके ही आप पेस्ट करोगे इससे जो है टेक्स्ट को कट करते हैं जैसे मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा बस दो और बचे हैं बस वीडियो में आप पूरा बने रहें देखिए जैसे कि ये जो गुलाब गुरु लिखा हुआ है मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए था तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स बटन बटन तो वो कट हो गया वहाँ से ठीक है मुझे कहाँ पर चाहिए था यहाँ पर चाहिए था तो मैं यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल के साथ वी बटन दबाऊँगा यानी पेस्ट कर लूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा और जब आप किसी टेक्स्ट को कट कर दोगे या फिर कॉपी कर दोगे तो आप उसे कई बार जो है पेस्ट कर सकते हो कई बार आप पेस्ट करते चले जाओगे वो आ जाएगा कब तक आएगा जब तक आप दूसरे टेक्स्ट को जो है कॉपी या कट नहीं कर देते हो तो कट और कॉपी सेम है लेकिन कट करने से वो टेक्स्ट वहाँ से हट जाता है कॉपी करने से वो वहीं पर रहता है उसकी डुप्लिकेट आप बना सकते हो कट करने से वो वहाँ से हट जाएगा उसका दोबारा से आप दूसरी जगह पर उसको पेस्ट कर सकते हो तो ये जो दोनों चीज़ें आपको समझ जानी हैं, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है अब बात करते हैं कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड की दोनों की सेम उल्टे हैं ये दोनों इसलिए मैं दोनों की जानकारी एक ही साथ दे दूँगा आपको कि कंट्रोल वाई से रीडो होता है रीडो करने के लिए और अंडों में छुपाने के लिए और इसको दिखाने के लिए आप इस तरीके से नॉर्मल भाषा में समझ सकते हो कंट्रोल प्लस वाई से रीडो होता है और कंट्रोल प्लस जेड से अंडो होता है तो मैं आपको प्रैक्टिकली इसको समझाता हूँ जैसे देखिए मैं कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करता हूँ उसको डिलीट कर देता हूँ देखिए वो डिलीट हो गया है लेकिन मैं कंट्रोल जेड से अंडो करता हूँ तो वो जो दो है दोबारा से वापस आ गया है देखिए यहाँ पर कंट्रोल वाई से रीडो कर दूँगा तो वो गायब हो जाएगा कंट्रोल वाई से जेड से अगर अंडो कर दूँगा तो आ जाएगा वाई से चला गया जेड से आ गया वाई से रीडो होता है और कंट्रोल जेड से अंडो होता है तो इसका इस्तेमाल हम लोग जो है ज़्यादातर करते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ हमें गलत हो जाती है मान लीजिए इसको हम कट कर दिए और हमें वो लगा कि ये चीज़ सही थी तो हम कंट्रोल जेड से इसको अंडो भी कर सकते हैं ठीक है और कंट्रोल वाई से इसको रीडो भी कर सकते हैं तो कंट्रोल जेड और वाई एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये शॉर्टकट जो मैंने आपको बताए हैं इसे आप जो है अपने नोटबुक में ज़रूर से नोट कर लीजिए और इस वीडियो को आप एक बार और ज़रूर देखिए ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसको लिखने के बाद एक बार आप अपने कंप्यूटर पर इसकी प्रैक्टिस जरूर करें जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जो शॉर्टकट मैंने आपको बताए हैं ना ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं जब भी आप नॉर्मली कोई भी काम करोगे चाहे आप एडवांस लेवल पे काम करो या फिर नॉर्मली भी काम करो सामान्य रूप से कंप्यूटर पर तो भी इन शॉट के इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा मात्रा में ठीक है और भी शॉर्टकट्स हैं कंप्यूटर के जो कि हम आगे वाली आने वाली वीडियोस में हम लोग सीखेंगे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई सब्सक्राइब करो यार यहाँ पर बिल्कुल फ्री में कंप्यूटर सिखाया जा रहा है तो सब्सक्राइब करके सीखो ना बिल्कुल फ्री में यहाँ तक दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम